कितने अकड़ू हो यार तुम कोई लड़की ना तुमसे इम्प्रेस होगी ना कभी पटेगी बस लेके घुमा करो अपनी इस अकड़ को चल